राम माजा जिन लोगों ने हमारे चैनल नहीं करो वही तक तो ये बहुत गलत बात है सब्सक्राइब कर ले और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लियो है तो बहुत अच्छी बात है हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो ले लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और हाँ वीडियो देखियो अंत तक और अच्छी लगे तुम्हारी शेयर लाइक और कमेंट करिए बढ़िया सी चलो जरूर करते हैं और कैसे ए यार काई आटो कर बैठ जा तो मेरी सासू है, है? के से सड़ी सी है? उन्हें का बता दे हमारे को बताऊँ तो यार बता देना डिब्बा ढकेले में ढकेले कहीं दे रहा यार कर हम तो अपनी सबरी जिंदगी बर्बाद करेगी जो गिल्ली रंडा करेंगे यार यार गुट को खानो पत्तो यार, तो यार? अरे हाँ यार पगुआ फगुआ को जोड़ तू तो भेजा करे दिब्बा कोई ढके हुए तो यार अरे यार कबूतरा तू यार बेसी टेंशन ले रहो है तू तो लोकल आदमी है मेरी सासू के आप मारो दारो हमारा कैसे रे की का नौकरी लग गई है अरे हाँ यार मोह आ रही है गधड़िया की पाँच सौ रूपया ले आते रोज सासू के भाई नौकरी लग गयी ने पन्नी भी नो तो मेरी सासू को भाई नौकरी कैसे लग जा रे? मेरी सासू के पाँच सौ मार रो रोजो के नो वाली लग गरी कैसे लग जाएगी भागी चला जीवा। तो यार भाई नौकरी तो यार हमें का फायदा तू मेरी सासू के वो तो आप हमें पाँच सौ रुपया मिल नहीं तो भाई मेरी सासू को पौवा की पत्ते मेरी सास के वो आदमी हमारी नौकरी लगवाए देखो फिर हम मेरी सासू के पौवा लेके चला करेंगे दोनों हरिपाल दोनों जने वो तो का काम का। तो का मां पे इंटरव्यू लेता है नौकरी न के हम चलेंगे बेटा हमारी भी नौकरी लगेगी आराम से हाँ बेटा चल नहीं सही है इंटरव्यू बेटा हम लगाएंगे नौकरी और सुने गदड़िया तो मेरी सास को, को टी टी है वो मेरी सासू की मंत्री है वो वहाँ को बाइक चलती है वहाँ पे वो बेटा दोनों है वो वहाँ को बेटा बाकी खूब मौज आ रही है वहाँ पे ओ है इंटरव्यू इंटरव्यूआ ले चलेंगे हाँ सर जी चल मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ पानी सर जी खत्म हुआ वो है। ता है वो पाई पीगे तब इससे बात कर नौकरी ऐसी निकाल दूंगा दो मिनट में सारी एक निकल जाएगी तेरी सची माफ कर दूंगा डिब्बा है मेरे <स्थाथ> <ने निकल तोरे। स्थाथ> <ना दल्ड़। स्थाथ> पर बाजे डीजिए आजो है बाद जन्दे होश देखी जाये आजो है जिरे धड़िया मी भजाप है नंबर सासू को गानो मेरी सासू को बात फाट कर लेने का है भजन दे मेरी सू को बिल्कुल तो कौन है ये सब सज्जी कुर्सी में चल ठाड़ो कही बैठा रखो मेरी सास को को सारे यहाँ बैठे हो मेरी सास को गधड़िया भी ऑफिसर में बैठे को तू न उठ यहाँ पे चप्पल लगे मेरी चप्पल क्या है ये? कौन हो तुम बेसी मान जाओ दवाई देनी पड़े तो है। हमने कही ठाड़ो ठाड़ो सारी चप्पल दूंगो यही सारा देखो रो भी गुन्ना भैया सारे है तू तो, तो चलती है यही भैया सारे है सारे झर्र नहीं पे झर्र कर दूंगो जल्दी ठाड़ो को तू का देख रहा भाई सिक्योरिटी ठाई सा मुश्किल तो यार घिसे-घिसे की नौकरी मिली यार एक और बहु बहुजन मेरी सास की मट्टी में लगाया था यार कहा गमारन को कहा